वर्ड्स इसको हिंदी में बोलते हैं शब्द कहते हैं वर्ड्स आर लाइक अ लैम्प फॉर योर फीट ये एक रोशनी है आपके पैरों के लिए आप अपनी बातों से अपने शब्दों से सामने वाले को वो सब दिखा सकते हैं जो वो खुद देखने में असमर्थ है आप अपने शब्द से अपनी बातों से सामने वाले को वो दिखा सकते हैं जो वो खुद अपनी आंखों से देखने में वर्ड्स आर इंपोर्टेंट समाइम आप कुछ कहना चाहते हैं और आपको मुनासिब चूज योर वर्ड्स कम्युनिकेशन को मैं तीन भागों में बांटता हूं नंबर वन ट्रेनिंग जितने भी लीडर्स आप सब यहां पर बैठे हैं मैं उनको बताना चाहता हूं बिजनेस कैसे किया जाए अगर आप यह समझा सके नंबर सेकेंड वे टू कम्युनिकेट इज टीचिंग ट्रेनिंग इज डिफरेंट टीचिंग इज डिफरेंट वॉट इज टीचिंग ऑल अबाउट कहते हैं टीचिंग इज मोर देन लाइफ स्किल्स मदर स्किल्स फादर स्किल्स डॉटर स्किल्स से से बात कैसे कैसे करना है बच्चों से कैसे? जैसे जब मैं पिता बना लोगों की मदद करो वो देखने में जो वो खुद नहीं देख पा रहे शब्द कान में उतर के ऊर्जा का संचार करते हैं और आदमी से कुछ भी करवा लेते हैं आतंकवादी बन जाते हैं लोग क्योंकि उनके कानों में कुछ ऐसा जाता है लोग जान देने को तैयार हैं। because of, अगर आज कुछ ले जाना चाहते हैं तो सीखिएगा कि सीखना कभी बंद मत करना है आप अपनी फील्ड के मास्टर हो सकते हैं लेकिन यह फील्ड आपके बिल्कुल कहते हैं डोंट बी लेते हैं फेथ कम्स बाय विश्वास आता है शब्दों से इफ डिलीवर्ड इन अ प्रॉपर वे और विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास बंद कर दे बिलीव इन यूर सेल्फ वे नो बडी यू विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया यूर यूनिक आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा इट इज इंपॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सर्च समबडी लाइक यू आप अपनी तरह मुझे एक आदमी ढूंढ के दिखा दीजिए बस खाने आप नहीं ढूंढ सकते You are unique, आप आशा से भरकर किसी काम को कर रहे हैं या निराशा से अगर आप पहले से निराश हैं तो आप उसी टहनी को काट रहे हैं जिस पर आप बैठे हुए मैं आपको कह देता हूं कि सफलता के संबंध में बहुत आशा से भरा होना बहुत महत्वपूर्ण है अगर इस जमीन पर किसी भी मनुष्य ने सत्य को कभी भी पाया है अगर इस जमीन पर किसी भी मनुष्य ने सत्य को कभी भी पाया है अगर इतिहास में कोई भी मनुष्य सफलता की गहराइयों को छू गया है कोई कारण नहीं है कि आप नहीं छू सकते आपसे पहले अगर कोई छुआ है तो आप भी छू सकते हैं उन लाखों लोगों की तरफ मत देखना यहां से निकलने के बाद जिनके जीवन में अंधकार है उन लाखों लोगों की तरफ मत देखना जिनको आशा की कोई किरण नजर नहीं आती उन थोड़े से लोगों को इतिहास में देखना जिन्होंने सफलता पाई है उन बीजों को मत देखना जो वृक्ष नहीं बन गए सड़ गए समाप्त हो गए नष्ट हो गए उन बीजों को देखना जो विकास को उपलब्ध हुए और स्मरण रखे उन बीजों को जो संभव हुआ वो प्रत्येक बीज को संभव है एक मनुष्य को जो संभव हुआ वो दूसरे हर एक मनुष्य को संभव है भगवान की कक्षा में कोई विरोध नहीं है भगवान के लिए सब बीज एक जैसे हैं लेकिन बनता वही है जो कुछ खोने के लिए तैयार रहता है